में कितना तड़पे है सावन में कितने तुझ जिंदगी में मेरी सारी जो भी नमी थी तेरे आ जाने से अब नहीं रही सदा ही रहना तुम तो किस्मत की लकीरों से मिली हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से तेरी मोहब्बत से सासे मिली है सदार करी भोगी मिली है हम्म